बेटे वाले वालेकुमल वाले मैं ठीक हूँ बेटे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे वालेक आज बच्चे जल्दी आ रहे मैं ख़ैर मैं लेट हो गया हूँ सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया वालेकुम आपकी इससे पहले कोई क्लास होती है Saturday ko Watch Okay So as usual if we hit uh, 30 we will start okay वो बाकी चलो बेटा तो मैंने एक टॉक की थी इस पर चैनल पे ही है देख लेना लाइफ हैक्स की प्लेलिस्ट में है उसमें मैं सारी इस्लाही और उसमें तो मैंने एक हैप्पीनेस पे की है आ, वो अगर कभी फुर्सत हो तो देखना उसमें मैंने ये बात की है जो इंतजार होता है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती ये नहीं लेक्चर का तो इंतजार होना चाहिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ लोग आ, आ, पूरी ज़िंदगी किसी एक चीज़ का इंतजार करते हैं या चंद चीज़ों का इंतजार करते हैं खुशी का मैं बेसिकली वो टॉक्स खुशी पे मैंने दी थी तो वो मैं ख़ुशी पे फोकस कर रहा था कि हर आदमी को इंतज़ार होता है कि यार अच्छे दिन आएंगे खुशी के दिन आएंगे तो ये इंतज़ार बड़ी प्यारी चीज़ होता है ठीक है ना आप इंतजार करते रहें और अच्छा वो चीज़ें आती भी रहती हैं साथ साथ ख़ुशी जो है वो ज़ाहिर एक बक्से में बंद होके नहीं सब आ जाती लेकिन आ, हाँ बेटे यूट्यूब चैनल तो पब्लिक होता है आ, आप कर सकते हैं तो हम खुशी का इंतजार करते हैं कि यार एक धमाका होगा जो है ना दीवारें टूट जाएंगी और ख़ुशी पता नहीं कुछ शेय है क्या है वो अंदर आ जाएगी ऐसे नहीं होता ज़िंदगी में खुशी जो है ना वो ऐसे ऐसे करके मिलती है आपको बिट्स में जैसे गम होते हैं जैसे मायूसी होती है जैसे और डिसपॉइंटमेंट्स होती हैं तो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको तमाम तरह की जो ये कैफियात हैं उनमें से गुज़रना होता है और आपको आना चाहिए बेटे ये सारा मैं अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि सिर्फ ख़ुशी के लिए ना आप इंतज़ार करें हो, रेडी हों यानी आपका जो सिस्टम है जो आपका अंदरूनी सिस्टम है नफसियाती सिस्टम वो सिर्फ ख़ुशी में प्लगड इन ना हो जिंदगी सिर्फ ख़ुशी का नाम नहीं है तो उसका इंतजार करते ना रह जाए वो कभी कभी आती है आए तो अल्लाह का कर शुक्र करें नहीं आए तो भी अल्लाह का कर शुक्र करें ठीक है ना अल्लाह ने आपकी एक जिंदगी की पूरी तरतीब आपके नसीब में लिख दी हुई है ठीक है उसमें खुशी भी लिखी हुई है उसमें गम भी है जो भी जितना भी आपकी ज़िंदगी है तो ये जो इंतज़ार है ना ये इंतजार में ना रहना इंतजार बहुत बुरी चीज़ होती है जो आए सब्र शुक्र करके उसको झेल लेना चाहे बहुत बो, ज्यादा खुशी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती बाय द वे यह आपको अभी सेज में नहीं समझ आएगी बात यह आपको आगे जाके समझ में आएगा बहुत ज्यादा खुशी इंसान को ना वो कर देती है थोड़ा सा लापरवाह कर देती है और लापरवाह इंसान यूजुअली मार खाता है मैंने देखा ठीक है चलो वो छोटी सी बात उस बेचारे ने सीआर ने की वो लेकिन मैं वो एक नसीहत वाली बात ही कर रहा हूं तो इंतजार मैं वो लेक्चर से पहले ना डॉक्टर सरार का एक वो सुन रहा था लेक्चर सुन रहा था अल्लाह उनको रही कर रहमत करे तो उन्होंने वो छोटा सा लेक्चर था उनका यानी बड़े लेक्चर का उन्होंने जो उनका इंस्टीट्यूट है उसने उनका छोटा सा वो क्लिप एक किया हुआ था उस पर तो उन्होंने मशक्कत के बारे में बात की कि इंसान मुशक्त में अल्लाह ने पैदा किया और कुरान की आयत ली उन्होंने पूरी बल्कि सूरह का उन्होंने रेफरेंस दिया और उससे कहा कि उस पूरी सूर्य में अल्ला कहता है कि हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा की मैं वो सुन रहा था और जो अल्टीमेट रिलीफ है वो बस वो अल्लाह के साथ मुलाकात के बाद की जो ज़िंदगी है अल्लाह करे हम सब की वो ज़िंदगी उसमें मशक्कत ना हो इन और हमें रिलीफ़ मिल जाए इन ठीक है ज़िंदगी जो है ना वो बस जमत तफरीक में गुजर जानी है ओके अब इस वाली जमत तफरीक आ जाएं माइक्रो सर्कुलेशन के जो मेन मामलों थे वो हमने आज तय करना है ठीक है इससे पहले बेटे कल हमने वेन्स की बात कर ली थी सेंट्रल वीनस प्रेशर की बात कर ली थी मुझे उम्मीद है कि वो आपने पढ़ लिया होगा उस बारे में कोई सवाल है तो कर लो फोकस्ड सवाल वेंस से मुतलक यानी कल के लेक्चर से मुतक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो वरना फिर हम आगे चलते हैं आज तो स्ट्रेंथ भी अच्छी है फोर्टी सिक्स हो गए देखे आपने मेरी उम्मीदों को कैसे <laughs> रीएडजस्ट किया है मैं 46 पे अब खुश हो जाता हूँ चल अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल प्रोसीड अच्छा बिफोर बिफोर आई प्रोसीड आई वॉन्ट टू तो आस्क यू क्वेश्चन ये जो लेक्चर्स आपको यानी मैं सेंड करता हूँ जो मेरे चैनल पे भी हैं अगर हम ये लाइव सेशन ना करें मैं ही करूँगा मैं सिर्फ एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ अगर हम ये लाइव सेशन की हमारे पास मैं कहता हूँ हमारे पास ये ऑप्शन होते ही ना तो क्या ये जो लेक्चर्स हैं ये सफिशेंट हैं आपको एक टॉपिक समझाने के लिए यहाँ पे मुझे मक्खन लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपने मुझे रियलिटी बतानी है मैं पूछ पूछ ले रहा हूँ मैं वही बता देता हूँ मैं पूछ ले रहा हूँ ताकि इनको बेहतर कैसे बनाया जा सके ऐसा क्या किया जा सके कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे बस देख के खुद ही पढ़ लें उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े इंडिपेंडेंट हो जाए मुझे नहीं समझ समझा ये नो सर क्या नेवर ये क्या है ये अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा कुछ कह रहे हैं सर अच्छा सर, नहीं अच्छा ठीक हाँ ये ये है ये बात है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो करते वो तीन चार, ती चार नमूने ही होते हैं जो सवाल करते हैं बाकी मे ख्याल बस वो मुशायरा सुनने आते हैं लेकिन उनकी लर्निंग भी होती है आई एम श्योर कुछ बच्चे अच्छा मैं मुझे भी समझ आती है कुछ बच्चे शायद होते हैं वो नहीं बेचारे सवाल कर पाते तो लेकिन वो बाकीों के सवाल पे वो पूरा उनको भी पूरी लर्निंग होती है ठीक है ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी नमूने ही कहता हूँ तारीफ नहीं निकलती मेरे मुँह से इतने आराम से हाँ जी मेरे बच्चों से पूछो आके उनको भी हर वक्त कुछ ना होता रहता अच्छा चलो चलो ठीक है अच्छा आप आगे आगे चलते हैं ठीक है ना अब वेन्स वगैरह को सवाल नहीं है तो माइक्रो सर्कुलेशन पे आ जाते हैं ठीक है माइक्रो सर्कुलेशन में जनाबे अली आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें मैं ओवर की स्लाइड है वो उसमें एक पूरा नेटवर्क दिखाया हुआ है एक आर्टीरियोल से कहानी स्टार्ट हो रही है और फिर आ, आर्टीरियल एंड है वो सारा रेड में जो बना हुआ है और उसके बाद वो आगे कंटिन्यूस हो जाता है ब्लू से नेटवर्क से जो कि जोनस वी, वी, एंड है कपिलरी का और वो विनियोल में जाके खुल जाता है ठीक है सो जो कहानी आर्टीरियोल से शुरू होती है और विनियोल पे एंड होती है इसके दरम्यान में जो गुच्छा है या जो नेटवर्क है कपिलरी नेटवर्क उसको बेटर माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं माइक्रो सर्कुलेशन को यानी वाइडर सर्कुलेशन में माइक्रो सर्कुलेशन का बहुत ही कलीदी किरदार है क्योंकि आपने जो जो मेगा सर्कुलेशन आपने बिछाई है सारा कुछ आपने वो जो आर्टरीज और सारी वेंस वगैरह बिछाई हैं उनका असल मकसद यही है ना उनका असल मकसद ये है कि टिश्यूज को आ, आ, चीज़ें पहुंचाई जाए और टिश्यू के लेवल पे सर्कुलेशन कौन सा ऐसा होता है वो ये माइक्रो सर्कुलेशन होती है कपिलरी कपिलरी लेवल जो होता है ठीक है तो कपिलरी लेवल का एक एंड होता है आर्टीरियल दूसरा एंड होता है वीनस और बीच में वो कपिलरी खुद होती है ठीक है ये कुछ इस तरह का कुछ मामला है एक और चीज है आपने पढ़ा होगा जो मेटा के लेवल पे होता है ये ब्लड फ्लो को एडजस्ट करता है आप समझिए टूटी लगी भी होती है खुली रहती है हर वक्त टूटी लेकिन ये कभी कभार बहुत खोलनी खुल, पड़ती है जब टिश्यू को ज्यादा जरूरत होती है ये इसका भी जिक्र गाहे बगाहे आता रहता है कि जब टिश्यू की नीड बढ़ जाती है तो टिश्यू खुद ही अपने ब्लड फ्लो को इनक्रीज वेलकम बैक वो बाद में करेंगे कि Uh, वो ऐसा क्या करता है कि ये टूटी और खुल जाती है स्पिटर की ठीक है वो हम बाद में करेंगे लेकिन ये ये बताना ज़रूरी है इसकी सोर्ट ऑफ अनैटमी आप समझ लें हमने थोड़ी सी ये की है ठीक है अच्छा जनाब नेक्स्ट uh, uh, एक बड़ी बिजी स्लाइड है ये एक फ्लो चार्ट है जो मेरे ख्याल से आपको uh, मदद uh, देगा तो वो आपने देख लिया होगा कर लिया होगा बोन्ट गोइंग टू दिस उसके बाद कपिलरी स्ट्रक्चर भी <coughs> मेरा ख्याल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका भी रहने दीजिए इक्रो सर्कुलेशन की फिर एक स्लाइड आती है जिसमें मैं डिस्कस करता हूं स्टारलिंग फोर्सेस ठीक है ये वो प्रेशर्स हैं जो कपिलरी के अक्रॉस एक्सर्ट uh, होते हैं ठीक है नाउ यहां तक ठीक है अब हम क्योंकि मेन मुद्दे पे आ गए हैं तो मैंने कहा मैं थोड़ा ब्रेक दे दूं यहां तक ठीक है कोई सवाल इससे पहले तो नहीं था बेटे अच्छा वो कभी ओके ओके सर अच्छा जी अब यहां पे मैंने थोड़ा सा डिटेल दे दी है आपको घबराने की जरूरत नहीं और ये वो वाला घबराना नहीं है जो आपको दिन रात आप सुनते हैं मैं बाकी मेन करता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है यहां पे मैंने और सुन लो इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स इन द रिकॉर्डेड लेक्चर मैं बेसिकली दो बातें कर रहा हूं ठीक है उस पूरे सेगमेंट में जहां पे मैं स्टारिंग फोर्सेज के पीछे पड़ा हुआ ना उसमें बेसिकली दो बातें हो रही हैं। आई होप कि वो वहां पे क्लियर हो लेकिन मुझे मैं तसलीस वक्त होगी जब मैं इधर भी आपको समझा दूं कि वो मैं दो बातें कर आ रहा हूँ जो मैं पहले बात कर रहा हूँ बेटे वो है सिर्फ सिंगल कपिलरी की और जो मैं बाद में बात कर रहा हूँ मैं वो पूरी जो कपिलरी बेड्स हैं एवरेज उनकी बात कर रहा हूँ आई डों कि ये चीज़ क्लैरिफाई वीडियो में हुई थी या नहीं हुई थी जो मैंने पहले पढ़ाया है वो जो एक कपिलरी रेड कलर की उस पर रख के जो पढ़ाया है और जो वैल्यूज मैंने डिस्कस किए हैं वो जो दो टेबल्स आस साथ साथ रख के जो आपको मैंने सारी चीजें गिनवाई हैं इधर उधर करके आर्टीरियल एंड वीनस एंड वो सारा वो सिंगल कपिलरी के स्टेटिस्टिक्स के, के स्टैट्स हैं उनकी वेलकम बैक साथ में कह भी रहा हूँ बाद में सेकेंड सेगमेंट में साथ में कह भी रहा हूँ कि ये वो एवरेज सारी वैल्यूज हैं टोटल कपिल की ठीक है आई होप कि दिस इज समथिंग दैट यू पिक्टअ अप ये समझ आई थी बात वीडियो में कि ये दो सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है लेकिन थोड़ी डिफरेंट बातें हो रही हैं डिस्टिंक्ट बातें हो रही हैं सवाल की नहीं लगी या वही है कि वो डिले आ रहा है इसमें कमेंट्स में क्वेश्चन <coughs> ओके okay. करो बेटा रीच क्वेश्चन करो यस यस क्वेश्चन करो आई डिले है सिस्टम में काफी डिले है मुझे कमेंट्स नहीं आपके से इतना आ रहे या आप लोग कर नहीं रहे आई डोंट नो बेटे इसरा आर यू पार्ट ऑफ बीएससी एमएलटी इफ यू नॉट दिस इज दिस इज अ डेडिकेटेड लेक्चर फॉर एमएलटी स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम टू लिसन टू इट लेकिन ये एम एल वालों के लिए है और उनका प्रैक्टिकल सेगमेंट नहीं होता ठीक है तो ये ऑस जो है प्रैक्टिकल सेगमेंट का हिस्सा होती है ना एम के अच्छा जी सॉरी अब क्या पूछा था बेटा रीज ने सर मैं सेम क्वेश्चन की समझ नहीं आई लगी हाँ यही मुझे लगा मैंने सवाल ये सवाल नहीं मैंने ये पूछा है कि क्या ये बात क्लियर है कि जब मैं स्टारिंग फोर्सेस की बात कर रहा हूँ तो पहले मैं सिंगल कपिलरी की बात करता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद मैं ओवरऑल जो कपिलरीज हैं एवरेज सारी कपिलरीज में लाके उनकी बात कर रहा हूँ ये बात समझ आई थी जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था एनी हाउ मैं अभी भी बताता हूँ मैंने इस वक्त जो आपको एक्सप्लेन करना है ना वो सिंगल कपिलरी एक्सप्लेन नहीं करना वो आपने वीडियो में ही देखना मैं जो तवज्जो मैंने याद है कल मैंने बात की थी कि मैं उन बातों पे तवज्जो दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑल लेटर ऑन बाद में जो ब्लैक एंड वाइट मामला है सारे जिसका जिसका हेडिंग है अभी भी सुन लो ताकि फिर बाद में उसको रेफर कर सको स्लाइड की हेडिंग है स्टारलिंग्रियम और ये ब्लैक एंड वाइट स्लाइड है और इसमें सारी याद रखो मीन वैल्यूज दी भी हैं हाँ जी वो सुमेरा, वो, वो झाने के लिए बताना जरूरी था अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरा इस बात पर तोजो देनी जो मैं बात करने लगा तो स्टालिंग ने सिंगल कपलरी भी एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर उसने इखतरा की थी फिर उसने इन्फर किया था कि अच्छा अगर ये इस तरह से है तो अगर सारी कपिलरीज की बात करें तो उसमें क्या होगा अब जाहिर है हर कपिलरी में तो नहीं थर्टी प्रेशर हो सकता कुछ में कम होगा कुछ में ज्यादा होगा ब्ला, ब्ला ब्ला तो उसने एवरेज वैल्यू निकाल ली थी इसलिए अगर आप इस स्लाइड को पे गौर करें अभी या बाद में तो आपको लफ्ज मीन एम ई -E एन लिखा हुआ नजर आएगा ठीक है तो उसने वो और जो पहली स्लाइड में नजर नहीं आएगा क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यूज हैं उन कपिलरीज की जिनको वो स्टडी कर रहे थे हाउएवर इसमें उसने एवरेज किया है तो मेन फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूड आउटवर्ड तो अब वो बात कर रहा है कि जो भी पूरी कपिलरी नेटवर्क में सारी कपिलरी नेटवर्क को आप एज अ होल उसको एज अ होल देख रहे हैं उसमें उसने मीन निकाल लिया है कि वो फोर्सेस जो फ्लूड को बाहर निकालना चाह रही होती हैं यानी फिल्टर आउट करना चाह रही होती हैं वो कौन कौन सी हैं उनका क्या क्या प्रेशर है मीन प्रेशर और वो फोर्स कौन सी है या वो फोर्सेस कौन सी हैं जो फ्लूड को अंदर ही रखना चाह रही हैं यानी ये फिल्ट्रेशन के खिलाफ होती है ठीक है दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना बेटे कपिलरी में अगर आप हाँ कपिलरी के अंदर आप तस्वीर ले जाएं बैठ जाएं जाके वहाँ पर कुर्सी आज आप लगा लें कपिलरी के अंदर अब आप क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि कुछ आ, आ, नादीदा फोर्सेज ऐसी हैं जो फ्लूड को बाहर की तरफ पुश कर रही है कि भाई निकलो कपिलरी से निकलो जाओ इंटर स्टेशन में जाके बैठो ठीक है और कुछ फोर्सेस हैं जो इसको पकड़ के ऐसे नहीं वो कह रही नहीं नहीं कोई नहीं जाने की जरूरत ठीक है इन दो फोर्सेस की बात हो रही है यस yes? नाउ अब वो मेन फोर्सेस विच आर टेंडिंग टू फोर्स फ्लूड आउट जो बाहर निकालना चाह रही है वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे ठीक है मेन जो प्रेशर है वो सेवनटीन होता है ये बात आपने याद रखनी है ठीक है फिर नेगेटिव इंटरस्टेशय दीन कंपलरी प्रेशर इज आल्सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ठीक है यह थोड़ा सा मैं टाइम अगर है टाइम हमारे पास है आज एक दो टॉपिक से है बस ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है किसी को पता है? वॉट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली पढ़ा हाँ जी रिलेटेड टू वाटर और मजीद मिसाल के तौर पर चलो सवाल को थोड़ा सा जााविया चेंज करते हैं ऑन कॉटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या फर्क है सही अंजुम, yes, by water, आगे ब्लड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है हमारे ब्लड में कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है अच्छा तो उसको क्या कहते हैं वैसे उर्फ़ आम में क्या कहते हैं उसको ब्लड के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को शाबाश सुंदर प्रेशर एग्जर्टेड अगेंस्ट वॉल वेरी गुड उर्फ आम में क्या नाम है इसका ब्लड प्रेशर <laughs> जब हम लव्स ब्लड प्रेशर कहते हैं ना तो हम एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कह रहे होते हैं यस yes? इधर भी उसने जो कपलरी प्रेशर कहा है ना ये एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये बात किया जब मैंशन ना ना हो कि ड़ा प्रेशर तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही समझा जाता है उसको ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आपसे जब ब्लड प्रेशर का कोई कहेगा ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए yeah, है? और बाई द वे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पानी वाली बात तो हो गई ना वो तो आप, आप पुराना किस्सा हो गया नया किस्सा यह है कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट वेट जो होता है ना यानी ब्लड का जो भारी पान है ना बाई वर्च्यू ऑफ इसका प्रेशर होता है ठीक है ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर जो है वो है तो का मतलब है मेन हाइड्रोसैटिकेशन साइड दी अब बात बासव में आ गईन पॉइंट थ्री है इट इज ऑलवेज प्रो फिल्ट्रेशन ये क्योंकि एक्सर्ट जैसे एक बच्चे ने कहा ये एक्सर्ट क्योंकि वॉल पे कर रहा होता है तो इसका काम ही ये है कि जी अगर आर्टरी में है तो ये ब्लड प्रेशर बनाएगा अगर ये कपिलरी में है तो ये फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाएगा ज़ाहिर है अगर आप दीवार पे पुश किए जा रहे हैं तो ये चीज़ अगर और वो दीवार अगर पोरस है जैसे कपिलरी पोरस है तो ये फ्लूड बाहर निकल जाएगा ना तो कपिलरी में आके जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बेसिकली एक फिल्ट्रेशन बड़ा नुमाया फिल्ट्रेशन प्रेशर बन जाता है यस यस वैल्यू भी इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है अमंग्स द फोर्सेस विच टेंड टू मूव फ्लुड आउट ऑफ द कपिलरी सबसे नंबर वन कौन है मेन कपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां तक ठीक है तक है बच्चों चलो दूसरा अब इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो जो भाई भाई है जो है है इंटरस्टिशियम में भी भी वहां भी तो कलेक्ट होता है ना और वो थोड़ा रहना चाहिए लेकिन होता तो है ना तो वहां का जो फ्लुड है उसका एक प्रेशर है ठीक है वो भी उसको भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही कहेंगे लेकिन उसके साथ आपने देखा होगा शायद पूछता कोई नहीं है सवाल आज मुझे लगता है सारे आज या तो नाश्ता करके सो रहे हैं आधा दिमाग सो रहा है या आज बस छुट्टी बनाई है आपने कि सवाल हमने करना ही नहीं है यहां पे लफ्ज नेगेटिव लगा हुआ है नेगेटिव इंटस्टेशल फ्री फ्लूड प्रेशर इसका क्या मतलब है ये नेगेटिव क्यों लगा हुआ है उसनेगेटिव को गरीब ने आईटेलिक्स में भी किया हुआ है कि बच्चे पूछ लेकिन बच्चे नहीं पूछ रहे मैं पूछ लेता हूं फिर बच्चों से भाई आप नहीं पूछे तो आपको पता है ये नेगेटिव क्यों है बेटे अब मैं चाय पी रहा हूं आप मुझे बताए मैं लिटरली चाय पी रहा हूं वाह शाबाश हरीज बच्चे वेरी गुड वेरी गुड तो भाईजान बात ये है मेरा ख्याल था मैं चाय और पी लूंगा बच्चे जवाब ही नहीं देंगे तो परीज ने तो काम ही ख़त्म कर दिया वेल डन नेगेटिव प्रेशर इसलिए होता है इंटस्टेशम में कि लम्फैटिक्स अगर बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं तो लम्फैटिक्स हर वक्त इस जगह को ड्रेन करके रखते हैं जो भी थोड़ा थोड़ा बहुत भी इंटस्टेशम में फ्लूड इकट्ठा हो जाता है उसको लिम्फैटिक्स फटाफट निकाल रहे होते हैं वो इतनी मुस्तैदी से काम करते हैं यहां पे हल्का सा सक्शन प्रेशर बन जाता है इसीलिए नेगेटिव होता है ठीक है नेगेटिव इंडस्ट्रेशियल प्रेशर बेटा अगर ये पॉजिटिव हो जाए मेरे साथ रहना इस पॉइंट पे, अगर ये पॉजिटिव हो जाए अगर ये फ्लूड यहां पे इकट्ठा होने दें मैं कहता हूं आप जैसे गटनी चौक हो जाता बंद हो जाता कुछ चीज़ फंस जाती है उसमें आप लिंफैटिक में कुछ चीज फंसा दें यूजली कैंसर्स में यह होता है जिन लोगों का कैंसर होता है खुदा खासदान उनके सेल्स इतनी ज्यादा जल्दी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कि कोई सेल्स उठ के या कोई चंक ऑफ टिश्यू उठ के लिम्फेटिक को ब्लॉक कर देता है उस केस में उनको फिर का भी मसला शुरू हो जाता है एनी तो अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया और यहां पे पॉजिटिव प्रेशर बनना शुरू हो गया अब क्या होगा वॉट विल दिस पॉजिटिव प्रेशर डू क्या ये प्रो फिल्ट्रेशन है या ये एंटाई फिल्ट्रेशन है टी टाइम फॉर मी आंसर टाइम फॉर यू एंटी फिल्ट्रेशन मुझे लगता है सिर्फ मैं आज रीच को ही पढ़ा रहा हूं बाकी कितने निकम्बे कितने सी आर इस्लामिक चैनल टीवी वो जो भी है वेर आर यू सिप गुड बाकी बच्चे हैं कितने बाकी साहब यू आर हियर हनी बेटा हियर का कोई फायदा नहीं है यू आर नॉट participating in the class. एमर yes anti filtration yes so इंटस्ट्रेशियम में अगर आपने fluid का pressure बढ़ा दिया तो क्या होगा जहा वो फिल्ट्रेशन तो फिर नहीं ना होने देगा वो तो बल्कि रोकेगा क्योंकि समझ में आ गई आपको जब वो नेगेटिव होता है तब वो uh, सर सो कॉइड ऑफ व्यू आप सुन रहे हैं मैं मैं बहुत uh, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ बेटे सुनने के लिए कोई मुशारा हो रहा है यहां पे आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है ठीक है जब ये नेगेटिव होता है ये तब प्रो फिल्टन होता है जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये एक्चुअली एंटी फिल्ट्रेशन हो जाता है ये बात समझ में आ गई है फिल्ट्रेशन होगी लेकिन ये उसको रोकेगा जाहिर है ये भी अब है तो हाइड्रोसाइटिक प्रेशन ना हा बच्चे तो ये भी पुश करेगा वॉल को लेकिन ये कौन सी वॉल को पुश कर रहा है ये वॉल की बाहर वाली साइड को पुश कर रहा है ठीक है तो वो उसको रोकेगा एवर इसको नेगेटिव ही रखा जाता है ताकि ये प्रो फिल्ट्रेशन रहे और इसीलिए हमने इसको उस हेडिंग के नीचे लिखा है जो प्रोफिल्ट्रेशन फोर्सिस है यस yes? इसीलिए लिखा हुआ ना अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है थ्री यानी एम एम ए जी पे ये उसको फिल्ट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव थ्री ओके अच्छा जी Fluid ये क्या करता है प्रेशर फटाफट लगता है आज बच्चों ने पढ़ा नहीं है अच्छा बात सुने आगे जो है ना लेक्चर्स ट्रिकी हैं ये बाकी क्लास जो है ना वो सुन ले अगर आपको इनसे कोई फ़ायदा निकाल लें हम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में हैं लाइव क्लासे नहीं हो रही ठीक है हम ऑलरेडी ऑनलाइन पे किसी तरह से डब खड़ब्बा सिस्टम चला रहे हैं अगर बेटा जी इसमें आप पढ़ोगे नहीं ना जो आपको मैं होमवर्क देता हूँ और मैं बड़े तरीके से देता हूँ मैं आपको सारी बातें करा के सारे हिंट्स दे के मैं आपको होमवर्क देता हूँ अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे और आप वैसे ही ब्लैक होकर आ जाएंगे इससे फोर्टी टू बच्चे शो हो रहे हैं और बोल वही एक दो लोग रहें ठीक है ना तो इससे मुझे जो इम्प्रेशन आता है वो ये है कि रेस्ट ऑफ द क्लास इज़ इधर नॉट मे बी जस्ट नॉट पार्टिसिपेटिंग आई होप कि दैट्स द केस लेकिन जो खदशा है वो ये है कि वो पढ़ते ही नहीं है वो सिर्फ यहाँ पर अटेंडेंस के लिए आते हैं तो बेटे अगर आप उस तरह के किसी बच्च, कोई बच्चे हो जो सब सुन रहा है मेरी आवाज़ तो वाज आ जाओ ठीक है और इंसान बन जाओ और इस अजीब व गरीब जैसे एक सानिया ही हम सानिया ही से गुजर रहे हैं ना एक एक क्राइसिस है जो गुजर रहे हैं इसमें बेटे मैक्सिमम फ़ायदा लेने की कोशिश करो अब आप बड़े हो गए हो ये बड़ी क्लास है और इसने आगे एमसीक्यू की सूरत में आपको डराना है इन सारी बातों ने और सर्कुलेशन काफ़ी ड्राउनी चीज़ बन सकता है हम अगर उसको मतलब ऐसे करके ना पढ़ें जिस से हम पढ़ रहे ठीक है ना तो मेरा तो स्टाइल भी ज़रा स्टूडेंट के प्रो ही होता है स्टूडेंट सवाल करें मैं जवाब दूँ तो उससे लर्निंग बेहतर हो जाती है तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे आके बैठते हैं तो आप उसको सोचना चाहिए ठीक है बात बात क्या हो रही थी कोलाइड की को फ्लूड को होल्ड करता है ये लार्ज मॉलिक्यूल ना बेटे ना, ना ना ना होल्ड करता है यानी पकड़ के रखता है अब मैं वो केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा वो वो वो यहाँ का फोकस नहीं है कोलॉयड जो है वो जो जिस जगह कोलॉयड्स होते हैं वो अपने वाटर कंटेंट को होल्ड करते हैं निकलने नहीं देते वो वो फिर वही केमिस्ट्री वाली अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं यहाँ पे ठीक है ये सवाल तो आएगा ही किसी को नहीं अगर कोलॉयड नहीं आ रहा तो ये तो सवाल मैंने बहुत आगे कर दिया ब्लड में कोलोइड होता है होता है जाहिर है क्योंकि वो लिखा हुआ है कोलोइड प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है कौन सी शे कोलोइड प्रशर एग्जर्ट करती है ब्लड में ह्यूमन ब्लड में पता नहीं मैंने शायद मैंशन किया वो कोई मशीन चलाई भी आई हो आपको आवाज ना आ रही हो जी ब्लड में क्या ऐसी शय है हाँ जी कोमल वेरी गुड शाबाश एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन वेरी गुड ये याद रखना ये याद रखना कि आगे एडिमा में भी हेल्प करेगा बेटा जी यस प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन वो कोलॉइड है जो प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है याद रखना ठीक है अगर ये नॉर्मल हो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये नॉर्मल हो बहाल इस पर बात बाद में करेंगे ईडी करेंगे ठीक है अच्छा अब इंटस्टिशियम में जो फ्लूड है अव्वल तो फ्लूड जो फिल्टर हो रहा है कपिलरी के पोस्ट इतने छोटे होते हैं कि वहाँ से प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं फिल्टर आउट हो सकता लेकिन ज़ाहिर है कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती थोड़ा बहुत प्रोटीन निकल आता है तो इंटस्टेशम में भी हल्का फुल्का प्रोटीन होता है तो वो प्रोटीन क्योंकि वो प्रोटीन है तो उसने कोलोइड ऑस्मोटिक कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर उसने वहां एग्जर्ट करना है ठीक है तो इंटस्टेशलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक शय होता है उसका भी प्रेशर आपने देखा वो एट है ठीक है यह प्रोफिल्ट्रेशन है एंटी फिल्ट्रेशन है लॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटेस्टेशल फ्लोइड प्रोफिल्ट्रेशन है या एंटी फिल्ट्रेशन है प्रोफिल्ट्रेशन नहीं बेटा नहीं एक मिनट एंटी फिल्ट्रेशन कैसे हो गया फिल्ट्रेशन ये ये अट्रैक्ट करता है फ्लूड को यस yes, अपना फ्लूड अपने पास रखता है बल्कि लालची है दाएं बाएं का भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो ये कपिलरी के अंदर से भी फ्लूड को बाहर निकालने की करेगा क्योंकि ये कोलॉइड है ठीक है तो जो कोलॉइड ऑस्मॉटिक प्रेशर इंटस्टेशन फ्लूड का है वो कपिलरी के अंदर तक अपने असरात को डालेगा और फ्लूड को निकालने की कोशिश करेगा तो ये फिल्ट्रेशन हो गई प्रोफिल्ट्रेशन है ठीक है एंटी फिल्ट्रेशन की बात अभी हम करते हैं तो ये तीन चीजें हैं बेटे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कपिलरी नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटस्टिशल थर्ड इंटरस्टिशियल कोलोइड ऑसमोटिक प्रेशर ये तीन चीजें हैं जो फ्लूड को कपिलरी से बाहर निकलने पे मजबूर करती हैं इसलिए हम कहते हैं ये ये प्रोफिल्ट्रेशन है या जो भी है रिमेंबर ये शायद लफ्जना है प्रोफिल्ट्रेशन ये जो एक जुमला है मेन फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूड आउटवर्ड इस तरह से आएगा गाइटन के वर्ड्स है तो ये टोटल 28.3 एट mm अब आप ये समझ लें कि 28.3 एट mm वो नेट प्रेशर है जिसपे नेट ओवरऑल जिसपे आपकी कपिलीज फ्लूड को बाहर मूव करा रही हैं यहां तक बात ठीक है ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखने वाली है 28.3 ठीक हो गया अब एक फोर्स है एक ही बेचारा मुजाहिद है जो इस सब के एंटी है जो के फिल्ट्रेशन कहता है ठीक नहीं, नहीं है वो कौन सी है प्लाज्मा क्लोइड ऑसमोटिक प्रेशर उसकी अपनी वैल्यू क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बथेरे होते हैं उसकी अपनी वैल्यू ट्वेंटी एट जी खुद की होती है ठीक है यस तो अगर आपने नेट निकालना है कि नेट क्या हो रहा है एबजॉप्शन हो रही है या फिल्ट्रेशन हो रही है तो नेट जनाब जनाबे फिल्ट्रेशन हो रही है तो पहले का क्या वैल्यू थी 28.3 जो आउटवर्ड फिल्ट्रेशन कर रहा है जो रख रहा है वो 28 है इसको माइनस करते हैं पॉइंट आ जाएगा टू पॉइंट थ्री एम ए इज द प्रेशर नेट प्रेशर एट विच फ्लूड टेंड्स टू मूव आउट ऑफ द कपल्ट्रीज यस और ये जो ये प्रेशर है ये एमएल नहीं है ये वॉल्यूम नहीं है ये वो प्रेशर है जिसपे फ्लूड बाहर निकल रहा होता है बहुत ही मामूली सा प्रेशर है .0.3 थ्री एम अब आप खुद ही अंदाजा कर लें .0.3 है बिल्कुल छोटा सा है थोड़ा सा प्रेशर है इससे फ्लूड बस रस रहा होता है थोड़ा सा हल्का सा ना बाहर लीक हो रहा होता है ठीक है और इसको बखूबी मैनेज कर लिया जाता है बायोल्फेटिक्स बात समझ में आ रही तो ये बात हो गई अच्छा जी अबडीमा भी हम आ जाते हैं अबडीमा इज अ वेरी स्मॉल बिजनेस आपने जो भी हमने डिस्कस किया ना स्टारलिंग फोर्सेस आपने उसमें से एडिमा बनाना है चलो ये वैसे भी अब टाइम कब रह गया आज जरा लेक्चर हल्का ही था अटेंडे आई गिव यू टू मिनट्स मुबारक हो इमादुद्दीन साहब मुबारक हो आगे चलें अब मुझे एडिमा करके दिखाएं और लिम्फाटिक्स वाली बात क्योंकि हो गई थी इसलिए वो बात नहीं मानी जाएगी करके मुझे। ब्लॉकेज मैंने बता दिया था इसलिए वो नहीं इसके अलावा ओहो अटेंडेंस क्यों लगाना शुरू कर दिया आप लोगों ने ठहर जाओ। अटेंडेंस नहीं लगानी अभी बस उल्लभ मैंने अटेंडेंस का बोल दिया ना बच्चे तो ऑटो प्ले पे चले गए निकमें अभी, अभी सवाल का जवाब दो मैंने सारी टेंडेंस ना मैंने लगने नहीं देनी बाज आ जाओ कितनी खुशी ये देखो एक नए लोग अच्छा पता उस वक्त लगता है बच्चों का जब वो टेंडेंस लगा रहे होते हाँच वेल डन डिक्रीज कुलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विल कॉजिटिव ये सर वेल्डअन और आवाजें आ रही है आपको अच्छा चलो आगे चलो एक तो बाबरअली अच्छा चलो पता नहीं इस बेचारे का टाइपो हुआ है ये क्लास में कहता ना इसको हमने लमियाँ पा मारना था पकड़ के ना बेटे इनक्रीज प्लाज्मा क्लोइड से एडिमा कैसे होगा एडिमा तो नहीं होगा वो डिक्रीज से हो गया वो हो गई बात और कुछ प्रेशर की किसी ने बात करनी है नहीं रजा ये फिल्ट्रेस प्रेशर बेटे इंक्रीज कराने के लिए कोई स्पेसिफिक आपने बात करनी है कोई स्पेसिफिक फोर्स की बात करें भाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ भी तो सकता है अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया है तो एडिमा कॉज हो जाएगा हो जाएगा ना हो जाता है अगर आपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा दिया तो एडिमा कॉज हो सकता है ऑनकॉटिक प्रेशर अगर कम हो गया प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया जैसे लिवर फेलियर में हो जाता आपको है आपको प्लाज्मा प्रोटीन काम बनते हैं लिवर बनते हैं अगर लिवर फेलियर है उन लोगों में एडिमा होना शुरू हो जाता है क्यों बिकॉज ऑफ वॉट यू सेट कि प्लाज्मा कोरोइड ऑस्मोटिक प्रेशर अब कम हो गया है बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन्स बनी नहीं रहे इन लोगों में फिर वो शुरू हो जाता है काम डीमा शुरू होता है चलो ठीक है लिम्फेटिक सब खुद ही पढ़ लेना इसके अलावा नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा सा मामले को स्पीडअप करेंगे ठीक है जी बेटे किडनी फेलियर में भी फ्लूड ओवरलोड हो जाता है इसकी वजह से हाइड्रोसोटिक प्रेशर बढ़ जाता है एक्चुअली जिसकी वजह से आपको डीमा होता है ठीक है नेक्स्ट जो वीक है उससे मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि हम ज़ोरा सा मामले को अप करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए मैं आपको आज ही इन तीनों जो आपके क्लासेस हैं नेक्स्ट वीक की उसका एजेंडा मैं आपको आज भेज दूँगा ठीक है ये बेटे अब आपका काम है कि उन लेक्चर्स को आपने थर्सडे को होगा ना आपका थर्सडे से पहले सारे चीज़ों को आपने कवर कप करना है यह आपका काम है आज करें वीकेंड पे करें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करें मिले लेकिन थर्सडे को मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने अच्छे तरीके से उन उन उस मामले को रिमेंबर मैंने तीनों लेक्चर्स के का जो सारा सौदा है मैं आज भेज दूंगा ठीक है अच्छी तरह से टाइम टेबल बना के पढ़ना अब क्रूशल वक्त आ गया है सर्कुलेशन का जो कंप्लीकेटेड uh, पार्ट है ना अब वो हम डिस्कस करने लगे ठीक है नेक्स्ट वीक से अब अटेंडेंस लगा लो जिसके लिए तुम लोग आए आयो निकमो किस दिन यही पढ़ेंगे जंगी साहब किस नाम से लेक्चर लेंगे इसका